रीवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया हादसे में बस और ट्रेलर की टक्कर में यूपी के 15 यात्रियों की मौत हो गई वहीं 40 से ज्यादा यात्री घायल हैं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताते हुए घायलों के संपूर्ण इलाज और मृतकों के पार्थिव शरीर को ससम्मान प्रयागराज भेजने के निर्देश रीवा जिला प्रशासन को दिए रीवा के सुहागी पहाड़ी पर भीषण सड़क हादसा हो गया बस पहाड़ से नीचे उतरते वक्त ट्रेलर से जा टकराई हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी इसमें 55 से ज्यादा यात्री सवार थे मरने वालों में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के हैं बताया जा रहा है सभी मजदूर हैं और ये दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि चार से ज्यादा लोग बस के आगे हिस्से में फंस गए इनके शवों को जेसीबी से काट बाहर निकालना पड़ा वही मुख्यमंत्री कार्यालय रीवा जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में है रीवा जिला प्रशासन के अधिकारी प्रयाग जनपद के आलाधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवरा है शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की और उन्हें इस हादसे से अवगत कराया वही मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घटना को लेकर कहा की यह घटना दुखद है उन्होंने कहा घायलों का प्रदेश सरकार इलाज कर रही है रीवा में बहुत दुखद दुर्घटना हुई लगभग रात के ग्यारह बजे एक्सीडेंट हुआ और जैसे ही घटना का पता चला मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन कलेक्टर एसपी सहित पूरा अमला राहत और बचाव के काम में लग गया हमने हमारे प्रशासन ने लोगों को वहां से निकाला जो घायल थे उनको अस्पताल में पहुंचाया। घायलों का इलाज संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में हम करा रहे उपचार पूरा निःशुल्क होगा लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि लगभग अभी तक की जो जानकारी पंद्रह लोगों को नहीं बचाया जा सका उनका दुखद निधन इस दुर्घटना में हो गया उनके पार्थिव शरीर अभी चौथर में सुरक्षित रखे गए हैं और उनके प्रयागराज इलाहाबाद भेजने की व्यवस्था की जा रही है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घटना की मैंने आज सवेरे पूरी जानकारी दी थी जो घायल हैं उनका निशुल्क इलाज किया जा रहा है और जो नहीं बचे लोग उनको उनके पार्थिव शरीर को हम उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी सजग और सक्रिय हैं उनके भी डीएम अब त्यों थर पहुँच गए हैं मैं तो ये कहूँगा कि जो बेहतर राहत और बचाव के काम हो सके वो हमारे प्रशासन ने करने की कोशिश की है इस घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं बचाए जा सके उनको उनके परिवारों को एक लाख रुपए की सहायता राशि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी देंगे जो घायल हैं उनमें से कुछ की छुट्टी हो गई है इलाज निशुल्क कर ही रहे हैं लेकिन दस दस हजार रुपये की राशि उनको भी दी जाएगी और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ रात्रि में 11-12 के आसपास जो जोहाड़ी पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बाढ़ बस दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुर्घतपूर्ण तो है और हम सबको उसका बहुत दुख है तो एक बस यात्रियों से बस उत्तर प्रदेश की बस थी जो हैदराबाद से गौंडा की तरफ जा रही थी रात्रि में जो टाला खड़ा था वो तो टाले में हादसे की शिकार हुई है बताया गया कि वो टाला भी उत्तर प्रदेश की का ही था और उसमें करीब अभी तक चौदह लोगों की मरने की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई है जो अस्पताल में हैं घायल हैं उनके लिए मध्य सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है इलाज करा रही है लगातार मैं इलाज से ही संपर्क में हूँ और हमारे कलेक्टर एसपी पी बहुत लगे हुए हैं परिवहन द्वारा पूरी तरीके से सचेतन सेवाएं दे रहा है हमारा पहला ये भी कर्तव्य है कि हम जो लोग घायल हैं उनको अच्छे अच्छा इलाज लाएँ अच्छे अच्छे इलाज की व्यवस्था हम करवा ताकि वो बच सकें और जो हमारे बीच नहीं रहे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए हम परिवहन विभाग दुवार के द्वारा उनके लिए उनके ही घर विभाग की व्यवस्था कर रहे आधार कार्ड के द्वारा उनकी पहचान भी की गई कई लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी लगातार सरकार संपर्क में है मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में और बात की है सब लोग इस घटना ऐसी रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि बस की रफ्तार ज्यादा होने से यह ट्रेलर में घुस गई थी इससे बस के केबिन और फ्रंट सीट पर बैठे यात्रियों की मौत हुई है चालीस घायल यात्रियों को संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया है सही है और रात में ही हम लोग वहां पहुंच गए थे साढ़े ग्यारह से बारह बजे के बीच की इंसिडेंट था और सबसे बड़ा चैलेंज ये था की बस को उस हाईवे से बाहर कैसे किया जाए क्योंकि लगभग छः सात फिट वो अंदर चली गई थी और उसमें ड्राइवर और क्लीनर जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी हम लोगों ने विशेष प्रयास करके आसपास के इलाकों से क्रेन और जेसीबी बुलाई थी फिर जो हाइवा था उसमें बहुत सारा गिट्टी भरा हुआ था जिस कारण वो इतना हेवी था कि उसको मूव करना बड़ा मुश्किल था तो हाइवा के पार्ट को तोड़ के और उस गिट्टी को पहले अनलोड किया गया और अनलोड करने के बाद फिर उसको खींचा जा सका जिसके बाद कि वो डेड बॉडी बाहर का सकी लेकिन इस बीच में हम लोगों ने दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ के और सभी घायलों को निकाल के और क्योंथर अस्पताल भेज दिया था